हेलो फ्रेंड्स बेशक आपने एटीएम का यूज़ किया ही होगा क्या आप जानते हैं कि यह काम कैसे करता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं और इसको किसने बनाया या भारत में कब आया तो चलिए जानते हैं इसके बारे में एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ए से ऑटोमेटेड टी से टेलर एम से मशीन होता है अब जानते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं इसको हिंदी में स्वचालित गणक यंत्र कहते हैं स्वचालित का मतलब यह अपने आप से ही काम करता है कर्ण का मतलब यह है यह अपने आप से ही पैसे गिनता है यंत्र का मतलब यह है यह मशीन होता है एटीएम एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है जिसका यूज बैंक खातों से पैसे निकालने जमा करने फंड ट्रांसफर करने जैसे आदि कामों के लिए किया जाता है एटीएम ने बैंकिंग कार्य को काफी आसान बना दिया है ए के आने से पैसे निकालने या जमा करने के लिए किसी भी बैंक अधिकारी की जरूरत नहीं पड़ती है ए ने हमारी डेली लाइफ को काफी आसान बना दिया है इसके आने से हमारे समय की काफ़ी बचत होती है वरना इन्हीं कामों के लिए हमें घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था अब जानते हैं ए काम कैसे करता है बैंक द्वारा ए से पैसे निकालने या जमा करने के लिए एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाता है इस कार्ड में पहले से ही यूजर का इंफॉर्मेशन कार्ड के पीछे वाले भाग में एक मैग्नेटिक पट्टी के ऊपर लिखा होता है इस मैग्नेटिक पट्टी में अकाउंट आइडिफिकेशन कोड होता है यह कोड मैच होने पर ही ट्रांजैक्शन का प्रोसेस किया जाता है जैसे कि जब भी हम एटीएम मशीन में कोई लेन देन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें कार्ड को स्वाइप या ड्रॉप करना होता है इसके बाद अपने चार अंकों का पिन डालना होता है और जितने पैसे आपको निकालने हैं वह टाइप करने के बाद कुछ ही सेकेंड में पैसे निकल जाते हैं इसके साथ ही आपको एक रसीद भी मिलती है जिसमें अकाउंट की अपडेट डिटेल होती है तो ऐसे काम करता है एटीएम। अब जानते हैं इसका किसने किया और कौन से देश में अविष्कार करने का श्रेय दिया गया विशेष रूप से यह उनका एक सौ बत्तीसवा पेटेंट था जो पहली बार तीस जून उन्नीस सौ साठ को दर्ज किया गया था और छब्बीस फरवरी उन्नीस सौ तिरसठ नाइनटीन सिक्सटी थ्री को इसे प्रदान किया गया था लेकिन यह एक डिपॉजिट मशीन थी इसमें पैसे चेक लिफाफे आदि जमा किए जाते थे इसमें कैश निकालने की सुविधा नहीं थी और कस्टमर के द्वारा रिस्पांस नहीं मिलने पर इसे छः माह बाद हटा दिया गया इसके बाद 27 जून 1967 सौ को उत्तरी लंदन यूनाइटेड किंगडम में कैश निकालने वाली मशीन का पहली बार उपयोग किया गया इस मशीन का उद्घाटन अंग्रेजी कॉमेडी एक्टर रेव वार् ने किया इस एटीएम में कैश निकालने की सुविधा थी इसलिए इसे बनाने का श्रेय डेला रुई के जॉन सेफर्ड बे और उसके इंजीनियर को जाता है जिसे 2005 में ओबीई से सम्मानित किया गया अब जानते हैं भारत में एटीएम की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा था भारत सबसे पहले एटीएम टी एम को शुरू किया गया जब मुंबई में एच बैंक ने इसे पहली बार शुरू किया फिर क्या था जैसे ही मुंबई में एटीएम मशीन की शुरुआत हुई धीरे धीरे यह दिल्ली कोलकाता चेन्नई जैसे अन्य शहरों में भी लगाया गया और आज पूरे देश भर में एटीएम लगे हुए हैं अब जानते हैं एटीएम के लगने से हमें क्या क्या फायदे हुए एटीएम का सबसे बड़ा फायदा यह चौबीस घंटे खुला रहता है रात के वक्त सब बैंक बंद होते हैं तब भी आप अपनी जरूरत के अनुसार अपने पैसे निकाल सकते हैं बैंक की छुट्टी होने पर भी आपको पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होती एटीएम का दूसरा बड़ा फायदा कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हैं पहले घंटों लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था लेकिन अब ए में तुरंत कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं ए का तीसरा फायदा बैलेंस इंक्वायरी एटीएम से आप अपने खाते की शेष राशि भी चेक कर सकते हैं इसके लिए आपको बैंक जाकर पासबुक में नई एंट्री कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती है यह काम एटीएम से आसानी से किया जा सकता है एटीएम का चौथा फ़ायदा फंड ट्रांसफ़र है यदि आपने जिस बैंक में खाता खोला है वही बैंक के किसी और का है जिसे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हों तो आसानी से कर सकते हैं यह एक बहुत अच्छी बात अब जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन एटीएम का फुल फॉर्म क्या है आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्वेश्चन नंबर एटीएम को हिंदी में क्या कहते हैं आंसर है स्वचालित गणक मशीन पर थ्री एटीएम का दूसरा नाम क्या है आंसर है एबीएम मेरी आंसर है ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन कैश पॉइंट हॉल इन दर्ल्ड बैंकोमेंट आदि नाम जाना जाता है क्वेश्चन नंबर फोर विश्व की पहली मशीन कब लॉन्च की गई आंसर है 27 जून 1967 सौ में उत्तरी लंदन में पहला एटीएम शुरू किया गया क्वेश्चन नंबर फाइव एटीएम के आविष्कार कौन है आंसर है जॉन सेफर्ड बेरोन क्वेश्चन नंबर सिक्स भारत में पहला एटीएम कौन से सन में उपयोग किया गया आंसर है सर, 1987, 1987 में. भारत में पहला ए किस शहर में खोला गया था आंसर है मुंबई क्वेश्चन नंबर एट भारत में पहला एटीएम कौन से बैंक में लगाया गया आंसर है एच एस बैंक इसका फुल फॉर्म है हांगकॉन्ग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसका इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें इसमें क्या कमी है हमें कमेंट करके बताएं थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो